अल्लाह तला के पास बंदे को महबूब बनने के लिए अल्लाह का महबूब बनने के लिए बनने के लिए सिर्फ़ इबादतें काफ़ी नहीं हैं इबादत का भी इहतमाम होना है और इबादत के साथ साथ अखलाक का बेहतर होना ज़रूरी है और हदीसों में बताया गया है कि इबादत में अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो इबादत की थोड़ी बहुत कमी जो है वो अखलाक के जरिए से पूरी हो सकती है अखलाक जो है वो हमारी इबादत की कमी को पूरे कर सकता है लेकिन अखलाक के अंदर जो कमी रह जाती है तो इबादत के जरिए से वह हमारे अखलाक की कमी पूरी नहीं होती है इसका मतलब यह है कि बर इबादत के खाली अखलाक का अतम नहीं है इबादत भी होना जिंदगी में राइ भी होना ज़ंदगी में लेकिन इबादत के साथ साथ अखलाक का बेहतर होना ज़रूरी है अलबतः ज़िंदगी में इबादतें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अखलाक आदमी की ज़िंदगी में नहीं है तक तो ये बेनतीजा ये बेरअसर इबादत है अल्लाह के पास भी ज़्यादा कबूल नहीं और बंदे भी ऐसी इबादत से मुतासर नहीं होते इसलिए अपने अखलाको को बेहतर करने की हमको कोशिश करना चाहिए नमाजों की, की भी पाबंदी करना दीन की पाबंदी करना अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना सुनत के रास्ते को चलने की कोशिश करना कुरान की तिलावत करते रहना ज़िक्र करते रहना रूजे रखते रहना जितने भी नए काम हैं वो साफ करते रहना उसके साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर और अच्छे से बनाने की हमको कोशिश करना चाहिए अब मा और बुजुर्गों ने फरमाया कि अखलाक के दो दर्जे हैं पहले से कुमों में अखलाक के दो दर्जे हैं एक है बहुत ऊँची आला दर्जे के अख्लाक और एक है अदना दर्जा कम से कम दर्जा अख्लाक का अखलाक का बहुत ऊँचा आला दर्जा कैरेक्टर का बिल्कुल जो हाई लेवल है वो यह है कि साहब हमेशा अपनी तरफ से दूसरों को फ़ायदा पहुँचना दूसरों दूसरों के काम पर आना दूसरों की जरूरत पूरी करना दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना ये अखलाक का बहुत ऊँचा दर्जा है हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो रहे कैरेक्टर के इस स्टेप पर पहुँचें हायर स्टैंडर्ड हमारा हो हायर स्टेप पर हम अखलाक के और कैरेक्टर के पहुँचें लेकिन अखलाक का अदना दर्जा तो कम से कम हर मुसलमान के अंदर होना जरूरी है अगर ये अदना दर्जा नहीं है तो फिर कोई एक मुसलमान के इस्लाम का दीन का अतबार नहीं है वो अदना दर्जा क्या है वो अदना दर्जा ये है कि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचना पूरी जिंदगी कोशिश करना है जिंदगी भर हर मुसलमान को ये कोशिश करना है और ज़िंदगी गुजारते हुए संभल के चलना है कि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचना चाहिए जैसे साहब हम रस्ते से जाते हैं कि बीच में जो है कांटियाँ पड़े हुए होते हैं तो वे सब अपने कपड़ों को बचा बचा के निकलते कि किसी कांटी से मेरा जो है कपड़ा मेरा कपड़े जिसम के वो ना हो जाए थे इसलिए अपने दामन को बचा के वहाँ से गुजरते ऐसे दामन बचा बचा के दुनिया से गुजरना है किसी ऐसे रोड पर या रास्ते पर आप चलते हैं कि जिसमें जगह जगह गढ़े पड़े हैं इधर है गड़ा है उधर है है बीच में कड़ा है तो इधर से उधर लेते हैं उधर से इधर लेते हैं कौन से दबे घड़े में अगर गाड़ी उतर गई तो फिर टायर ख़राब हो सकता है सारी परेशानियाँ हैं तो जैसे रोड पर और रास्तों में मख्तलिफ़ किस्म के गढ़े पड़े हुए हैं और आपकी और हमारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें पड़ी हुई हों तो किस तरीके से हम उन चीज़ों से बचा अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं तो ऐसे ये जिंदगी की गाड़ी है इस जिंदगी की गाड़ी को भी दुनिया के इस रास्ते पर समान समान के अपने आप को लेकर चलना है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे मेरी जुबान से किसी को तकलीफ़ न हो मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ न हो मेरे पैर से किसी को तकलीफ़ ना हो मेरे सोच और ख्याल से किसी को तकलीफ न हो मेरी किसी भी अंदरा से अधना तरीन चीज़ से मेरे पैसे से किसी को तकलीफ नहीं होना ये कोशिश करना चाहिए हर मुसलमान को अगर हम इसकी कोशिश करें कि भाइयों तो ये जो इबादत में थोड़ी बहुत बोताइयाँ हैं ना वो सब अल्लाह तला माफ़ फरमा दे लेकिन बड़ी बड़ी इबादतें करने के साथ साथ अख्लाफ नहीं है ज़िंदगी में दूसरे हमारी तकलीफों से महकूज नहीं है मुश्किल है इसको ये डाउटफुल है कि हमारी इबादत अल्लाह के पास कबूल तो होना मुश्किल है कुरान पर अल्लाह तगे जगे अर्षा फरमाया नबी करीम सल वसलम के एक वलीमे का तस्करा कुरान में अल्लाह ने किया है हजरत जैन बिंद जहैश रहा या किसी और दीगर अपनी, अपनी दूसरी जोज मुतः साहिबा का रसुल वलीमा किया है और अपने करीब करीबी साथियों को रसूल के रुसा सदो किया अब जाहिर बात देखिए आम आदमी का वलीमा नहीं है ये उस शख्सियत का वलीमा है जिस शख्सियत के एक एक गाने के अंदर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की खैर बरकत रखी है कौन छोड़ना चाहेगा ऐसे खैर उबरदत वाली शख्सियत की दावत को तो सहाबे कलम शौक़ शौक़ से रसूल करीमल वसलम के वलीमे में तशीफ ले गए बाईस के बारे में सोरेबान और सुरा के अंदर असाब के अंदर अल्लाह ते वाक़ तफसील से फरमाया है कि रसूल करीमल वसल्म के वलीमे में सहाबा तशीफ ले गए जिन जिनको अल्लाह के नबी ने दावत दी थी तो खा लेने के बाद वही बातों करते बैठ गए जैसे अक्सर हम लोग डर थे जिस शादी में गए या वली में गए या कोई दावत में गए खाना खाना निकल जाना खाली मंदा मान लेते बैठते उसकी वजह से दावत वाले को तकलीफ हो सकती है भाई को तकलीफ हो सकती है होटल में बैठे खाली चाय पीने के वास्ते गए पांच मिनट भी चाय के हास्ते पांच घंटे बर्बाद करते लोग मिटा तो होटल वाले का नुकसान तो है ऐसा नहीं करना चाहिए काम हो गया तो चले जाना अपना खामोश बैठ के वहां खाना खाना वहा वक़्त खराब नहीं करना दूसरों तो को तकलीफ नहीं देना चाहिए तकलीफ वाला अमल है तो कुरान मजिदे बताया गया कि नबी करीम सल्ला वम तो ने अपना एक वलीमा किया और वलीमे की दावत दिया सहाबे कराम को और जो साहब कराम रसूल करीम सलील वसम के इस दावत में गए थे वो सहाबा खाना खाने के बाद थोड़ी देर में ही बात करते बैठ गए उसकी वजह से रसूल करीम सो तकलीफ भी बोले साहब बात तो वक्त है सोना है जल्दी सो गए तो फिर सुबह में तिल उठना है फिर पढ़ना है फिर साहब इकराम को नसीहत करना है फिर ये कि वलीमा है बीवी से पहली मुलाकात है सोने में कितनी देर होती नहीं मालूम ये सब चीज़ों की वजह से रसूल वसल्लम को तकलीफ हो रही थी वहां बैठकर बात करने वाले साहब इकराम से कुरान पर अल्लाह तला आयन ने उतार दिए इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे नबी का कितना फलत मकान है अल्लाह तबारक के पास खाना, तो खाना खत्म हो जाने के बाद आपस में बाधा कर लेते हुए क्योंकि खाना खाने के बाद भी देर तक तुम्हारा बात कर लेते बैठना रसूल के घर में ये नबी के लिए तकलीफ वाली चीज है इन मगर तुम्हारे नबी बहुत शर्म हया के पैकर हैं इसीलिए अगर किसी को खुल के बोले कि तो भाई तुम खाना खा लेना चले जाओ निशानी को मेरी वजह से तकलीफ होगी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के वाकी वजह से तकलीफ हो सकती है इस वजह से बोलते नहीं है शर्माते हैं अल्लाह के नबी लेकिन फरमाया के हक बात कहने से नहीं शर्माते इसीलिए तुमको अल्लाह बोल रहे हैं नबी नहीं बोल सके हमारी तकलीफ का लिहाज करके अल्लाह तोल रहे हैं कि आयंदा से इस तरह नहीं करना तकलीफ तकलीफ से बचना चाहिए इसी को हमारी तरफ से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कुरान की एक और आयत शरीफा ने फरमायादी और मैं जो लोग हूँ अल्लाह को तकलीफ़ देते हैं अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देते हैं और मैं कितनेगा लोग हैं उसके बाद आगे फरमाया कि वदीना मुझनीना सब हाँ तो उठाए हुए हैं है। और अपने इस बहुत बड़े गुना के बोझ की सजा उनको क्या मिलेगी अल्लाह ने फरमाय को भी तकलीफ नहीं देना अल्लाह को तकलीफ का मतलब ये अल्लाह तला को नाराज करने वाले काम नहीं करना अल्लाह के रसूल को तकलीफ नहीं देना का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल का इनकार नहीं करना अल्लाह के नबी की, की तालीम के खिलाफ वर्जी नहीं करना उनके बताए हुए रास्ते को छोड़ना नहीं है यह अल्लाह के नबी को तकलीफ देना है और फरमाया कि फरमाएान को भी तकलीफ नहीं देना मुसलमान को तकलीफ देना बहुत बड़ा गुना है कुरीद के अंदर अल्लाह तला ने बहुत सारे वाक़ बयान फरमाए हैं इससे पहले भी किसी मौके पर मैंने सुनाया अभी भी सुना है कि उसका वैसे उसका नतीजा दूसरा है क्योंकि उससे दूसरा नसीहत दूसरा लेसन दूसरी नसीहत भी मिल सकती है दूसरा सबा भी मिल सकता है वो यह है कि हजरत सलेमान का तस्कर वाक ये है कि सलेमान ये भी जो है बाईस बारे में सोरे के अंदर यह वाक करना है कि हजरत सुलेमान सलेमान का लश्कर किसी इलाके से गुजरने वाला था उससे पहले एक ऐसी जगह जहाँ ज्यादा थी चिंटियाँ थी चिंटियाँ तो चिंगटी ये उर्दू का सही लफ्जा है मगर बोलते कहाँ था चुमटी बोलते हैं चुमटी नीम के साथ बोलते हैं इसलिए चिंगटी बोले तो ये कौन से दूसरे जानवर का नाम ले रहे हैं कैके मसाज समझी गए चिंटी बोलते हैं सर उसको उर्दू अपने बोलते हैं चिंटी और अपने अपनी लैंग्वेज भी बोलते हैं चुमटी तो चुनटियाँ थे वहाँ पर बहुत सारे तो उन चुनियों में कि एक चुनती जो हम सबकी सरदार थी उसको अपनी चुनटियों की बरादरी की जान की फिक्र भी इसलिए याद रखना सरदार होते जो जिम्मेदार होते, होते उनको अपने मा दहनों की फिक्र रहना जेबां भर लेने की फिक्र नहीं लीडर है मिनिस्टर है क्या क्या है जिम्मेदारा है बस पेट फुटे तक अपना जेब भर लेते खाली दूसरे की फिक्र नहीं लेकिन लीडर जिम्मेदार मिनिस्टर और बड़े आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता तो की फिकर करना अगर बात है दीवी बच्चों के फिक्र करना बाप की जिम्मेदारी है खानदान के बड़े हैं नाना हैं, दादा हैं तो अपने पोतरा पोत्री नवासे नवासों की फिक्र करना क्या है कैसे है क्या है क्या दे, देख रेख अलमिया नसीहत करा रहे हैं सबक दिला रहे हैं देखो चूंटी छोटी सी मखलूक है क्या बोलते हैं में मुहने सो जानवर हालांकि मुंह उसको भी रहता उसके हिसाब का मुँह रहता मगर मुंह ऐसे जानवर इसलिए बोलते हैं कि हमारे को जो मुंह है हम अपने मुंह से जैसे समाज में आने वाली और सुनाई देने वाली बात हम लोग करते वैसी बात नहीं करती चूंकि वरना तो मुंह तो उसको भी है मुंह उसको भी है मगर उसकी अपनी बिरादरी के लोग समझ ले सकते हैं वैसा मुँह है उसके पास हम लोग नहीं समझ सकते चुनाचों मुँह है बोल के तो जो तकरीर करी अपनी की बिरादरी वालों को उसकी ये तक अल्लाह तलेमान को सुना रहता तो कैसा सुनाती और मुंह नहीं रहता तो कैसा पीछे और आपके साथ रह बच्चा है पीछे छोटे बच्चे सामने रहे <स्थिति> तो अल्लाह तला ने हजरत सलेम को यह चिंटी की तकरीर सुना ने अपने के लोगों को क्या कहा कुरान में है या अपने अपने, तो अपने बिलों में चले जाओ या सारी जुबान में अपने हैदराबाद लैंड में अपने अपने बिलों में जाओ उद हलु मसाकी नकुम ला न अभी देर में में से से सुलेमान का गुजरने वाला है। वो लश्कर के के के लोग अपनी सवारी सवारी लेकर तो उनकी के पैरों के नीचे बैठे बैठे बहुत आ जाएगी इसलिए जान बचाना है भागो अपने अपने एक शिवटी की तकवीर है अल्लाह तला को शिवटी की इतनी अदा पसंद आई कि एक थी अपनी तरीके लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए उसने फिकर किया तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि पुरान पढ़ने वाले पुरान सुनने वाले कुरान पर ईमान रखने वाले कुरान पर यकीन रखने वाले कुरान से सबक हासिल करने वाले लोग और कुरान की तलीमा पर यकीन और उसको हक समझने वाले कुरान से वाक्य पढ़ के नसीहत हासिल करना है न मेरी वजह से औलाद को तकलीफ पहुंचे न मेरी वजह से भाई और बहनों को तकलीफ पहुंचे न मेरी वजह से खानदान के किसी और को तकलीफ पहुंचे न मेरी वजह से मेरे पड़ोस वालों को तकलीफ पहुंचे ये नसीहत देने के बाद से अल्लान वह चुनकी की तफरी कुरान शरीफ़ ने नकल कर दिए है हम पढ़ रहे हैं मगर हमारी हैसियत ऐसी है क़ुरान शरीफ के बारे में गंगा वो क्या भी बोले तो अपने तो कुछ तो तो तो सुने आता ही नहीं गंगा बोले तो कुछ समझ में नहीं आता मगर अरबी लैंग्वेज से अपन वाकिफ कह रहे की वजह से खाली अल्फाज बोलते चले जा रहे हैं अरे इतना बड़ा खजाना है खजाना नहीं हो सकता मगर वो खजाने से फायदा उठा रहे हैं। अब खजाने से फायदा नहीं उठा रहे इसीलिए कुरान शरीफ पढ़ते रहना उससे नसीहत हासिल करते रहना अल्लाह कर तक क्या प्यारी नसीहत करवाई कुरान मजीद के बाद हदीसों में भी रसोल के हैं जिसमें प्यारे नवी वसल् ने लोगों को तकलीफ पहुंचाने से सख्ती से मना किया मशहूर सुनते हैं सरकार ने फर्मा के अक्सर सुनने में आती रहती है और मैं मुसलमान वो है इसकी जुबान से इसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें यानी उसके हाथ की तकलीफों से महफूज रहें उसकी जुबान की तकलीफों से महफूज रहें हालांकि एक पहली बात मैं लेकर मतलब यह है कि जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता मुसलमान नहीं ये मतलब नहीं है इसका मतलब सही मुसलमान नहीं है कामिर मुसलमान नहीं है नापिस मुसलमान है उसके इस्लाम में डैमेज है उसका इस्लाम बहुत वीक है उसका दीन बहुत कमजोर है सही मुसलमान नहीं है वो कौन मुसलमान सही नहीं है जो दूसरों को तकलीफ देता है सही मुसलमान नहीं है से। अब बार, दूसरी बार और में, क्या इंसान के जिसम से खाली उसकी जुबान और हाथ ही है जो सब तकलीफ पहुंचाते हैं नहीं बल्कि जिसम के किसी भी अज्ब से पहुंचाना नहीं है अब मिसाल के तौर पर बात खाली हदीस हदीस हदीस की हकीकत उनका अंदाजा नहीं है इसलिए रहता हूँ का पहन होना में तो अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए बोलता हूँ भाई आम और सादा के बारे में दस मन अखल होना चाहिए पहले के हमारे जमाने के बड़े लोग बोलते थे एक मन इल्म के व दस मन अकल होना चाहिए ये आम इन के बारे में है, ये के बारे में। लेकिन के बारे में याद रखना चाहिए। एक मनी नहीं है सौल होना चाहिए। और या सूरत है हदीश, हदीश बोलने वाले एक मन अखल भी नहीं है बड़ी महत्वपूर्ण बोल दे रहा हूँ अरे किसको बोलते बुखारी मालूम है पर बात सुनने के लिए मेरी जिंदगी में बुखारी का नाम अरे पर मालूम करो बाबा सीखो हदीस है क्या अखल हदीस का बहन नहीं है इसलिए हदीस को लेकर लड़ना है हदीस का फहम होना चाहिए। अब ऐसा आदमी जिसको हदीस का बहन नहीं है हदीस की समझ नहीं है उन्हें सुन लिया जुमे में मन बोले